के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा वो मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है धीरे चल धीरे चल कोई भाई नहीं है बस इतना ही वो...